मिली. तो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत को आजादी कब मिली भारत को आजादी पंद्रह अगस्त 1947 को मिली ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत को आजादी कब मिली तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा के निर्माता के अध्यक्ष कौन थे मतलब भारत के जो संविधान सभा के निर्माता थे जो भारत के संविधान सभा को बनाने वाले बनाने वाले लोग थे उनके अध्यक्ष कौन थे जो उनका मेन लीडर कौन था तो उनका मेन लीडर था जो उनके मेन लीडर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्माता के अध्यक्ष थे आप लोग इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना जो मैं एक नंबर वाली बता रहा हूँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये लोग हम लोग पेपर में क्या करते हैं भूल जाते है इन बातों को जो हम संविधान सभा के निर्माता के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपने भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा जो हमारा भारत का संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा तो भारत को संविधान को बनाने के लिए दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन लगे थे हम लोगों को जो भारत के संविधान सभा के निर्माता लोग थे उनको पूरा संविधान बनाने में दो वर्ष ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन लगे थे उनको पूरा अपने संविधान बनाने में तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपने भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जो भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति में आप जो भारत के संविधान सभा की जो कमेटी थी जो लोग पूरे लीडरशिप में तो लोग बैठे रहे थे लोग जो ग्रुप में लोग जो थे बनाने वाले भारत के संविधान को उनके समिति के अध्यक्ष कौन थे जो उनका मेन लीडर कौन था आपने यहाँ देखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो मेन समिति के अध्यक्ष थे लेकिन ये प्रायरूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रायरूप समिति के अध्यक्ष और ये कौन से थे ये निर्माता के अध्यक्ष कौन थे भारत की समिति के निर्माता के अध्यक्ष कौन थे और ये कौन थे प्रायरूप समिति के अध्यक्ष तो हालांकि आप समझिए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांच क्वेश्चन पे भारत के संविधान को बनाने में कितने सदस्य थे जो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी जो सभा बिठाई गई थी जो उनमें कितने लोग थे उनमें थे थ्री एटी नाइन सदस्य थे पूरे भारत के संविधान को बनाने के लिए कितने लोग लगे थे कितने लोगों की कमेटी थी वो थ्री एटी की कमेटी थी वो तो चलते हमने अगले क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन भारत के संविधान का काम कब पूरा हो भूके बना मतलब भारत का संविधान कब पूरी तरह बना आप लोगों ने यहाँ देखा कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा लेकिन ये क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनने में का मतलब कब बन के पूरा हुआ भारत का संविधान कब बना तो चलिए देखते हैं इसको आगे 26 नवंबर उन्नीस को भारत का संविधान भारत के संविधान का काम पूरा हुआ यहाँ पे बताया गया भारत के संविधान काम मतलब कब पूरा हुआ था मतलब कम कम्प्लीट कब हुआ था किस दिनों कंप्लीट हुआ था तो वो हुआ था 26 नवंबर उन्नीस को कंप्लीट हुआ था तो हमारा सातवा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भारत के संविधान को कब लागू किया गया तो भारत का संविधान जब बन गया था तो उसको लागू कब किया गया था वो देखते हैं हम लोग तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था ये आप लोग बहुत लोग जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो ये भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस क्वेश्चन के तो आगे बढ़ते हैं ये मेन ये थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत तो किया उद्देश्य प्रस्ताव मतलब समझ रहे भारत के संविधान सभा में भारत की संविधान सभा की कमेटी थे भारत के संविधान सभा के लोग थे उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या उद्देश्य है? है भारत संविधान को मनाने का क्या उद्देश्य है हमारा किस लिए हम मना रहे किस मोटिव से मना रहे भारत संविधान तो किसने प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान में भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये बहुत बार क्वेश्चन आया कौन कौन से नेता शामिल थे जो मेन मेन लीडर थे उनके नाम इसमें लिखे गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे वहाँ के संविधान सभा के पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कैबिनेट प्रस्तुत किया था संविधान सभा में सरदार पटेल थे आप लोग जानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भीमराव अंबेडकर प्रायोग समिति के अध्यक्ष डॉ राधा कृष्ण जिसे नेता आदि शामिल थे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ अधिवेशन मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है अधिवेशन अधिवेशन क्या होता है ये अधिवेशन क्या मतलब क्या होता है मतलब कि अधिवेशन मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी वो देखते हैं चलिए हम आगे तो आ, तो ये है संविधान सभा की अधिवेशन 9 दिसंबर 1945 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लिखते है तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान सभा के आस्थाई अध्यक्ष कौन थे आस्थाई अस्थायी समझ रहे आप लोग क्या मतलब होता है? आस्थाई का आस्थाई मतलब कि कोई ए, कोई कंफर्म नहीं है जैसे कोई लीडर हम खड़ा कर देते किसी ग्रुप में हमने किसी क्लास में मॉनिटर बनाया और उस मॉनिटर को हमने कहा कि कोई कंफर्म नहीं है ये मॉनिटर कि ये रहेगा ही नहीं रहेगा तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर सचिंदानंदन डॉक्टर सचिंदानंदन थे अस्थायी अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के ठीक है समझिए तो हम अगर अपना ग्यारह क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखते हैं भारत सब, भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब चुने गए थे मतलब कि भारत के संविधान सभा की जो भारत के संविधान सभा मतलब कि भारत की जो कमेटी थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे उसके बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म जो लीडर थे वो कौन थे वो तो डॉक्टर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हें 11 दिसंबर उन्नीस को चुना गया मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको बताया था कि जो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें से याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है और उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना अस्थाई अध्यक्ष जो थे हमारे वो थे डॉक्टर सचिंदा नंदन और जो स्थाई अध्यक्ष थे जो स्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको आप याद रखने से इसको गौर से ध्यान रखना तो चलिए हम अपना क्वेश्चन ट्वेल्व देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे थ्री और फोर मार्क्स का है ये मुझे मिल गया था इसलिए मैंने डाल दिया आपको ये मुझे थ्री और फोर मार्क्स का ये पिछले से दस साल के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था इसलिए मैंने इसको थ्री और फोर मार्क्स के क्वेश्चनों में रखा है सॉरी यहाँ गलती हो गई है यहाँ मैं इलेवन लिख दिया है तो चलिए देखते हैं संविधान की आवश्यकता और उसके महत्व पर एक लेख लिखिए मतलब कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे संविधान सभा को कमेटी इतनी लोगों की बिठाई संविधान बनाया गया इसकी हमें कैन क्यों होगा संविधान सभा की इसके महत्व के क्या मतलब इसके मतलब इसके क्या परिणाम है इसके क्या इसके क्या महत्व है कि हमें क्यों चाहिए इसके बारे में देखते हैं तो प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक होता है मतलब की प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक है बिल्कुल जरूरी है प्रत्येक राज्य में संविधान का होना क्योंकि बिना संविधान के किसी भी राज्य किसी रा, राज्य का शासन नहीं चल सकता मतलब समझ रहे हो संविधान अगर ना हो तो कोई भी राज्य अपना शासन नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के अंदर हमारे कानून ग्रंथ लिखे गए कानून लिखे गए किसको किस सजा दी जाए इसकी जब तक ये नहीं होगा कि सरकार कैसे काम करेगी संविधान नहीं देगा तो कोई भी शासन नहीं चल सकता इस वजह से अब सब लोग अपनी मनमानी करेंगे जो अमीर होंगे वो अपनी मनमानी करेंगे इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है और संविधान के बिना कोई राज्य राज्य न होकर अराज्य होगा अराज्य मतलब समझिए राज्य में क्या होता है सीमाएं होती है अः यहाँ प्रेम होता है यहाँ पे लोगों का आ, लोग के हनन जब होता है मतलब लो की लोग वही परेशानी होती है तो पुलिस स्टेशन में आते हैं या अपने कोर्ट में आते हैं तो ये राज्य न होकर अराज्य हो जाएगा संविधान के होने से संविधान के होने से संविधान के होने से, से शासन के विभिन्न अंग शासन के समझ राज्यपाल कार्यपालिका न्यायपालिका ये जो पालिकाएं होती हैं जो कानून बनाते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं या न्यायपालिका जैसे न्याय करती है किसी को कोई दिक्कत को, को, को परेशान कर न्यायपालिका में जा सकता है का का निर्धारण होता है मतलब तो उनकी अंगों शक्ति पड़ती न्यायपालिका को न्याय करने की शक्ति मिली है कार्यपालिका को कार्य बना कानून बनाने की शक्ति मिली ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या क्वेश्चन ट्वेल्व हमारा संविधान क्या होता है संविधान क्या होता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो आंसर इसका है संविधान एक ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है संविधान एक नियमों तथा तो सिद्धांतों का समूह है संविधान मतलब क्या होता है जैसे कि संविधान में क्या लिखा है संविधान में कानून लिखे गए हैं कौन किस धारा से कौन से कानून है क्या अपराध करने कौन सी सजा मिलेगी हमारे संविधान में लिखा है तो संविधान नियमों तथा सिद्धांतों का समूह सिद्धांत में इसमें लिखे गए सिद्धांतों के बारे में बताया गया है जिसकी मदद से कोई देश की सरकार इसकी मदद से कोई देश की सरकार जैसे हिंदुस्तान में कौन सी मोदी सरकार है तो मोदी सरकार उस देश पर शासन करती है उस देश पर, तो तो पर कानून बनाती है उसके उस संविधान को देख के, उस संविधान को समझ के जो लोग कोई गलती करते हैं संविधान को देख के हम उसको सजा देते हैं और इसके अनुसार ही शासन के विभिन्न अंग को संगठित किया जा सकता है शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से होते कार्यपालिका न्यायपालिका ये शासन के विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं इनको संगठित किया जाए इनको एकजुट किया जो जैसे कि कार्यपालिका कार्य बुलाई कर न्यायपालिका न्याय करेगी तो इसे इनको एकजुट किया जा सके इनको एक साथ रखा जा सके तथा राज्य तथा नागरिकों के बीच संबंध स्थापित किया है तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंध मतलब कि दोनों को एक साथ रखा जा नागरिक और राज्य राज्य मान लो कोई अगर संविधान नहीं हुआ तो कोई अमीर आदमी होगा वो अपनी सरकार चलाएगा तो और नागरिकों को परेशान करेगा इसलिए राज्य और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित किया जा सके एक अच्छा संबंध स्थापित किया जा सके राज्य और सरकारों के बीच संविधान के होने से ये ज्ञान में अच्छे लाभ होते हैं ये लाभ में भी लिख सकते हैं संविधान कौन से कहा देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा लिखित संविधान में कोई चार गुण बताइए जो हमारे लिखित संविधान है जैसे कि अगर मान लो संविधान लिखित ना हुआ तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि आज ये वाला कौन लागू होगा कल ये वाला कानून नहीं लागू होगा आज किसी ने सजा करी तो कहेंगे लिखित कहाँ प्रूफ दिखाओ तो लिखित संविधान को ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर लिखित संविधान नहीं है तो इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है चलिए देखते हैं तो आज अधिकतर देश में आज अधिकतर देश में लिखित संविधान है आज हम देख सकते हैं कि आज अधिकतर देशों में लिखित संविधान लिखित संविधान का आदमी मैंने बताया कि लिखित संविधान की जरूरी है लिखित संविधान अगर नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें गलत होगी अगर मान लो किसी ने कुछ अपराध किया और कानूनी सजा देनी होगी तो हर कोई अपने तो है है अपने क्या सजा मिलनी चाहिए तो लिखित संविधान के एक ही कारण है तो आज अधिकतर देशों में लिखित संविधान है तो अधिकतर देशों में लिखित संविधान रखा हुआ है इंडिया के पास भी लिखित संविधान है लिखित संविधान के बहुत फायदे है और लिखित संविधान में कई संविधान में कई गुण मिलते हैं लेकिन संविधान में कई गुण मिलते हैं लेकिन संविधान में कई गुण होते हैं है। तो उसे है पहला है तो ये होता है। ये होता है। मतलब लिखित संविधान हुआ तो किसी ने कोई अपराध किया तो उसको निष्पक्ष न्याय दिया जाएगा उसको ये नहीं देखा जाएगी वो अमीर है गरीब है छोटा है बड़ा है यहाँ हमारे देश का है कौन है नेता है विधायक कोई नहीं दिया जाएगा और स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से न्याय होगा तो दूसरे देखते हैं नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सही तरीके से होती है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है उसने, उसने अपराध किया।, लेकिन लेकिन किया और लिखित संविधान नहीं हुआ तो उसे कोई सजा नहीं मिली तो इसे क्या होगा नागरिकों का हनन होगा मान किसी के साथ दु... किसी के साथ उसने अत्याचार किया और उसको इंसाफ नहीं मिला तो ये उसके साथ हनन हुआ तो नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा होती है लिखित संविधान के द्वारा ये सोच समझ लिखा जाता है हाँ जी सोच तो समझ के लिखा जाता है लिखित संविधान जब लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद जो मैंने आपको बताया था जो क्या ये अध्यक्ष थे प्रायर समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अध्यक्ष वो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो वो राजेंद्र प्रसाद थे और थ्री जो सदस्य थे थ्री एटी टोटल सदस्य थे वो थे संविधान को बनाने वाला उन्होंने सोच समझ के संविधान सम लिखा था कि कैसे इसको बनाया जाए और संगात्मक सरकार में अवश्य होना चाहिए होता है संघात्मक सरकार में इसका अवश्य होना चाहिए सरकार में तो चलिए यही आपने वीडियो करते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना शेयर करना एंड कमेंट करना और, और इसके बारे में अगर आपको वीडियो में क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया उसके बारे में बताना क्या सही लगा क्या नहीं सही लगा उसके बारे में बताना ताकि मैं जो अगली वीडियो बनाऊँ वो आपको